हेलो तो आप देख रहे हैं इंटरनेशन शम्बू पिटेक इस चैनल पर नब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए निस को मिल रहा है तो आज हम सीखने वाले की क्यूब्स कैसे सीखें क्यूब रूबिक्स क्यूब आप सबको रूबिक्स क्यूब तो पता ही होगा रूबिक्स क्यूब को कैसे इस्तेमाल करें कैसे उसका हम एडिट करें और सब कुछ उसमें आप सबको मिल गया तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आपको सब कुछ वन ईयर कंप्लीट आप सबको बता दूंगा कि कैसे यूट्यूब पर आप मेरे जैसे, जैसे वैसे वीडियो बना सकते हो तो आज मैं आप सबको एक क्यूब देखाऊँगा तो उस क्यूब को मैं आप सबको अभी ही सिखा के देखाऊंगा फुल नहीं सिखाऊंगा आपको एक एक वीडियो में आप सबको सब कुछ बता दूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करिए अभी तक आपने हमारे तो अपने आपके चैनल को अभी तक आपने तो चैनल को को सब्सक्राइब कीजिए, बेल भी दबा दीजिए जिससे वीडियो वीडियो सबसे पहले तो तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को एक रूबिक्स दिख रहा होगा कि इस रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करना है तो ये रूप को मैं आपको सॉल्व करते दिखाऊँगा तो आप सबसे पहले आपने पूरी आँखें इसमें डाल दीजिए आप किसी पर मत ध्यान दीजिए आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए आपको सब कुछ इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि कैसे सीखना है आपको सबसे पहले यही वीडियो को आज से देखना है और अभी तक हमारे अपने आपके चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस तरह वीडियो सबसे पहले मिलेगी चलिए शुरू करते हैं तो देखिए क्योंकि तो तो ये हो एक ही स्टेप है इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इस वीडियो को आप तक आपने देखा है तो इस वीडियो को तो यूबिक्यूब सीख कर ही जाएंगे इस वीडियो से तो आप हम इस पहली लेयर कैसे कंप्लीट कम्प्लीट कराने तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आप सब लोगों को इस वीडियो को इस इस क्यूब को हम बिगाड़ देते हैं मैंने कैसे भी बिगड़ के देखिए पूरा स्क्रैम देखें देख सकते हैं आप लोग अब सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है देखिए मैंने कुछ भी नहीं सॉल्व किया है तो आप मैं इस वीडियो को इस क्यूब को सॉल्व करके दिखाऊंगा तो कैसे करता हूँ आज आप इस वीडियो में कुछ से गए देखिए यहाँ पर आपको ये देख रहा हूँ यहाँ पर आपको प्लस आइकॉन बनाना है प्लस आइकॉन बना के देखिए मैं पहले प्लस आइकॉन बना देता हूँ प्लस आईकॉन बनना चाहिए देख, देख चुके देखिए ये पूरा प्लस आईकॉन बनना चाहिए तभी आपका पहला लेयर कंप्लीट हो जाए नहीं तो आपका पहला लेयर कंप्लीट हो गई नहीं आपकी बहुत गड़बड़ी होगी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है इस युग में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा ये कैसे बनना है बाजू का बाजू तो आज आपको इस वीडियो में वो सब मिलेगा तो देखिए अब देखिए मैं क्या करता तो हूँ कुछ दिख रहा है देखिए ये कोना भर चुका है हमारा अब आप आपको ये जो है ना ये ब्लू रेड वाइट ब्लू रेड वाइट को तो ब्लू रेड वाइट शो आपको दिखना है तो ब्लू रेड वाइट को स्केच ऊपर देखिए आप इधर ब्लू रेड ब्लू रेड वाइट देखिए अब मैं इधर को ब्लू रेड वाइट लाऊंगा तो इधर लूंगा ये लगाना है। red, white, green. Red, white, green. दिख सकते हैं। आपको देखिए, इसके नीचे ये कलर लाना है इसको हम इसे करेंगे इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे देखिए हमारे एक ही पीस रह गए हैं देखिए एक एक पीस रह गए हैं तो इस पीस को हम आपको फुल डिटेल में आप सबको बता दूंगा ये देखिए अब हमारे ये पीस किधर गया होगा ये देखिए ये पीस है इसके नीचे तो ये पीस को हम इसे नीचे करेंगे पीस को पीस को ऊपर करेंगे देखिए अभी तक नहीं जो क्योंकि ये पीस को उसके नीचे, नीचे ही लाना होगा तो ये ऐसे ऐसे हमारा हो गया। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखिया होगा आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक आपने हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको ये फुल डिटेल में नहीं मिला क्योंकि आपके बाद मैं फुल डिटेल में आपको पूरी ऐसी वीडियो लेकर लुकाउंगा फुल ऐसे आपको दिखाऊंगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए मैं आपको पूरी ये वन ईयर आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा तो चलिए तो तो मैं तब आपसे किसी और इंटरेस्टिंग तब तक तो लेट आ रहा